आप सभी को मेरा प्रणाम आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मित्रों आज एक हेज प्लांट की चर्चा करेंगे हेज़ के रूप में आप इसको उपयोग में लाते हैं लेकिन क्या ये मेडिसिनल हो सकता है हमारे लिए ये भी जानना बेहद ज़रूरी है और मुराया एग्जोटिका के नाम से हम इस प्लांट को जानते हैं व्हाइट कलर के सुंदर फूल आप देख रहे हैं रूटेसी कुल का ये प्लांट है मित्रों ये उसी कुल का प्लांट है जिसका उपयोग आप डाइजस्टिव डिसऑर्डर्स के इस्तेमाल के लिए और डिसज़ के थ्रोपेटिक प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए क्लिनरी पर्पस से भी इस्तेमाल करते हैं जिसको आप लोगों मीठा नीम या करी पत्ता कहते हैं उस कुल का ये प्लांट है इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसके पत्र कड़वे होते हैं और आप उसको इस तरह से उपयोग में नहीं ला सकते हैं मुराया एक्जोटिका प्लांट है इसके यूज़ कड़ी पत्ते से थोड़े अलग होते हैं और ये पत्र कड़वे भी होते हैं तो आप फैमिली भले ही सेम हो सकती है लेकिन गुण अलग होते हैं इसके वाइट कलर के जो आप सुंदर फूल देख रहे हैं इनका आप इन्फ्यूज़न बना सकते हैं और इन्फ्यूज़न बनाकर जब आप इसका सेवन करेंगे तो पेट में होने वाले अफारे की समस्या अल्सर की समस्या बोम्स की समस्या उन सबको दूर करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का कार्य करता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ को मेंटेन रखने के लिए रेगुलेट रखने के लिए यानी कि मैं कहूँ डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है दूसरा लंबे समय से अगर डायबिटीज़ बनी हुई रहती है तो ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल भी बढ़ जाता है लिपिड प्रोफाइल को रेगुलेट रखने के लिए भी आप इसको उपयोग में ला सकते हैं इसके इन्फ्यूज़न का आप सेवन कर सकते हैं दो मिलीलीटर आप गर्म पानी ले लीजिए उसके अंदर 30 ग्राम के करीब 30 से 40 ग्राम इसके फूल डालकर बर्तन को ढक दीजिए उसके बाद ठंडा होने के बाद एक समय पे 20 से 25 मिलीलीटर इसमें से निकाल लीजिए और 24 घंटे के अंदर आपको इसका सेवन करना चाहिए अगले दिन के लिए फिर से फ्रेश आपको बनाना चाहिए इस प्रकार से आप अपने मेटाबोलिज़म को रेगुलेट रखने के लिए ब्लड ग्लूकोज़ को मेनटेन रखने के लिए लिपिड प्रोफाइल को रेगुलेट रखने के लिए मेंटेन करने के लिए आप इसको उपयोग में ला सकते हैं मित्रों विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनको भी ठीक करने का कार्य करता है ये शरीर के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज़ और फ्री रेडिकल स्क्वेंजिंग एक्टिविटी का, का कार्य करता है साधारण भाषा में मैं कहूँ तो शरीर से टॉक्सिन्स के निकालने का कार्य करता है और ज़्यादा होने वाली परोक्सीडेज एक्टिविटीज़ को भी ये कंट्रोल रखता है एजिंग से हमें बचाता है स्किन की टोनिसिटी को मेंटेन करने का कार्य करता है एंटी रिंकल इसकी एक्टिविटी होती है कई बार आप देखेंगे कि स्किन जो है हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और हड्डियों से स्किन का ढीला हो जाना एक तरह से लूज हो जाना त्वचा हमारी लटकने लग जाती है ये ज़्यादा फैट के कारण भी होता है और शरीर की बॉडी की जो टोनीसिटी है स्किन की बिल्कुल लूज़ हो, हो जाने के कारण भी ऐसा होता है तो उन सब परिस्थितियों में आप इसके इन्फ्यूजन का सेवन करते रहिए साथ ही साथ इसके जो कोमल पत्र आपको दिख रहे हैं कोमल पत्र और मिल जाएं तो इसके फूल भी आप ले सकते हैं दोनों को मिलाकर इसके फूल भी आप ले सकते हैं दोनों को मिलाकर पेस्ट बनाकर त्वचा तो के ऊपर आप लगाइए आप देखेंगे कि आसानी से रिंकल्स की समस्या को दूर करता है डेड स्किन को रिमूव करता है और फिर से यंग स्किन को प्रोवाइड करने का कार्य करता है मित्रों इसके पत्र का आप डिकॉक्शन बनाकर अगर बालों को धोते हैं तो बालों की विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं चाहे स्प्लिट एंड्स की समस्या हो हेयर फॉल की समस्या हो वो सब भी ठीक हो जाती है क्योंकि इसके एक्सट्रक की इसके रूट इसकी जो जड़ होती है उस जड़ का आप एक्सट्रक्ट अगर बनाते हैं तो उसकी एंटी माइक्रोबियल एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल एंटी प्रोटोजोल एंटी मलेरियल एंटी वायरल पोटेंसी होती है आप उसको शरीर के विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं इसका जड़ का काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं बदलते हुए मौसम में होने वाले वायरल फीवर को भी ठीक करता है या इम्यूनिटी के कम हो जाने के कारण बार बार होने वाले बुखार को भी ठीक रखता है इंटेस्टाइन के बैक्टीरियाज़ को मारने का कार्य करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाने का ये कार्य करता है हम इसको हैज़ के रूप में लगा लेते हैं लेकिन दैनिक जीवन में उपयोग इसके उपयोग नहीं जानने के कारण सिर्फ हम इसको सुंदरता के लिए ही जान पाते हैं और गुणों के लिए भी आप इसको जान सकते हैं मित्रों जैसे मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार की बैक्टीरियल फंगल माइक्रोबैलिन सब एक्टिविटी इसके अगेंस्ट एक कार्य करता है तो हैज़ इसकी ना केवल फिजिकल रूप में हमारे लगने वाले प्लांट की सुरक्षा करता है बल्कि प्लांट पर जो हम प्लांट्स लगाते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनमें कोई बैक्टीरियल फंगल वायरल किसी भी तरह का अटैक ना हो उसकी भी ये सुरक्षा करता है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करके आप अपनी अगर आप ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करना चाहते हैं और इस प्लांट की आप हेज़ लगा दीजिए तो आपका जो वांटेड जो प्लांट है जिस जो आपकी क्रॉप है वो आप आसानी से सुरक्षित रहती है उसके अंदर किसी भी प्रकार का किसी पेस्ट का किसी इंसेक्ट का अटैक भी नहीं हो पाता है इसके पत्र कड़वे होते हैं और किसी भी प्रकार का जंगली जानवर भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाता है ये माइक्रोबियल लेवल पे भी कार्य करता है और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल का भी ये कार्य करता है वंडरफुल प्लांट है आप इसको अपनी हेल्थ के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं और इसको असिस्टिव कल्टीवेशन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि आप और किसी क्रॉप के कल्टिवेशन के लिए हैज़ के रूप में भी इसका उपयोग में ला सकते हैं कटिंग के माध्यम से आप इसको लगा सकते हैं रूटे सिकुल का ये प्लांट है और काफ़ी उपयोगी है कल्ट ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी को जरूर साझा कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कल सुबह साढ़े छः बजे फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ नए समाधान के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार